भोपाल के शशांक सिंह को आई में जगह मिली है मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी शैले सिंह के बेटे हैं शशांक सिंह शशांक सिंह फिलहाल रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं मध्य प्रदेश में क्रिकेट के होनहार खिलाड़ी ऑलराउंडर शशांक सिंह आई में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलेंगे खेल के आधार पर शशांक सिंह का छत्तीसगढ़ की टीम में चयन रणजी और वनडे टी, टी, टी में हुआ था शशांक सिंह छत्तीसगढ़ से पहले मुंबई के लिए खेलते थे वे दिल्ली डेयर और राजस्थान रॉयल्स के सदस्य रह चुके हैं